नदियों के किनारे बसा नगर अयोध्या सरयू नदी बद्रीनाथ लकनंदा नदी के किनारे हैं गोरखपुर राप्ती नदी श्रीनगर झेलम नदी इलाहाबाद गंगा यमुना नदी मथुरा यमुना नदी वाराणसी गंगा नदी लखनऊ गोमती नदी जौनपुर गोमती नदी सूरत ताप्ती नदी दिल्ली यमुना नदी हैदराबाद मूसी नदी आगरा यमुना नदी कानपुर गंगा नदी कोलकाता हुगली नदी अहमदाबाद साबरमती नदी हरिद्वार गंगा नदी नासिक गोदावरी नदी लुधियाना सतलज नदी जबलपुर नर्मदा नदी पटना गंगा नदी के किनारे है फिरोजपुर सतलज नदी कुरनूल तुंगभद्रा नदी शोकोब घाट ब्रह्मपुत्र नदी कन्नौज जो है गंगा नदी के किनारे है जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी पंडरपुर भीमा नदी बरेली रामगंगा नदी जगदलपुर इंद्रावती नदी डिब्रूगढ़, ब्रह्मपुत्र नदी कोटा चंबल नदी कटक महानदी नासिक गोदावरी नदी श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी संबलपुर महानदी उज्जैन छिप्रा नदी ओरछा बेतवा नदी बैतूल ताप्ती नदी के किनारे हैं विजय बारा कृष्णा नदी तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी और गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा है